काजल आज मैं घर के लिए शीशा लगवा रहा हूँ जिससे तेरी धो तेरी साफ दिखे पता किससे उससे से उससे लगवा ले मोन्टी हलवाई से पैंतीस रुपया में आएगा एक टल्ली कर दी और सुराख भी खुद ही करेगा मशीन से